तो गुरु गुरु बोल करके शुरू हुआ था यार अब राजनीति आजमाने लग गया है अब राजनीति आजमाने लग गया है और ताली ठोकने वाले ने कैसी ताली ठोकी है कि खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गए हैं तालियां कम रह गई जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर